हेलो फ्रेंड मैं सचिन फ्रेंड मेरे चैनल एसके आर टैकवर्ड में आपका बहुत स्वागत है फ्रेंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब आप फोन पे पे पी आई बनाते हैं तो वहां पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी शो ऑफ होता है तो हम कैसे उस कॉन्टैक्ट नंबर को रिमूव करके वहां पे आप अपना नेम शो ऑफ करा सकते हैं आप फ्रेंड फोनपे की यू पी आई को चेंज करना चाहते हैं तो आप फ़ोनपे पर जाएंगे आप फ्रेंड यहाँ देख पा रहे हैं कि फ़ोनपे की यू पी में कॉन्टैक्ट नंबर भी शो ऑफ हो रहा है आप चाहते हैं कि कांटेक्ट नंबर की यू पी ना हो इसके प्लेस पे नेम की यू पी हो तो आप कैसे करेंगे आप लोगो पे क्लिक करेंगे जो आपका बैंक अकाउंट है वो यहाँ शो हो रहा है आपको उस पर क्लिक करना है नीचे फ्रेंड ये कुछ यू पी शो ऑफ हो रही हैं आप इनको डायरेक्ट सेलेक्ट करके भी एक्टिवेट कर सकते हो लेकिन इनमें कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है तो अभी आप यहाँ पर एक यू पी देख रहे हैं ये नेम से शो ऑफ़ हो रही है आप यहाँ से इसको एक्टिवेट कर सकते हो ये सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो गई है अभी आप हाँ बैक जाएंगे और चेक करेंगे ये आईडी शो हो रही है नहीं हो रही अभी भी फ्रेंड आप देख रहे हैं कांटेक्ट नंबर वाली आईडी शो ऑफ हो रही है तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे ये यू पी जो लिखी है इसके आगे एरो है इस पर क्लिक करेंगे सबसे नीचे यू पी टू डिस्प्ले ऑन होम लिखा है उसके नीचे आपकी कॉन्टैक्ट नंबर वाली आई लिखी है उसके आगे पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे यहाँ से फ्रेंड जो दूसरी आईडी है जिसमें कांटेक्ट नंबर नहीं है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सेब पे क्लिक करेंगे अभी फ्रेंड जो आपने आईडी चेंज की है अब वही आईडी शो हो रही है अब कोई भी आपको इसी यू पी आई पेमेंट कर सकता है फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट जरूर कीजिए मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू